ये दुनिया सिर्फ रिजल्ट देखती है दोस्त आपने इसे पाने के लिए कितनी मेहनत की कितना कोशिश किया इसका कोई मोल नहीं इसलिए कोशिश तब तक करो जब तक आप इसे हासिल नहीं कर लेते अगर आपने सफलता पाने का मन बना लिया है तो कभी रुकना मत चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए लेकिन कभी झुकना मत और अगर आपको यह लगता है कि सफलता रातों रात मिल जाती है या फिर अच्छी किस्मत होने की वजह से मिलती है तो आपका यह सोचना गलत है हर सफल इंसान के पीछे उनकी कड़ी मेहनत और संघर्ष छुपा होता है देखो जो अपने अंदर की साहस को पहचान लेता है वही अपने हौसले को उड़ान देता है और सिर्फ वही व्यक्ति बदल सकता है अपने सपने को हकीकत में जो जिंदगी में मेहनत पर विश्वास करता है देखो सपनों की भी एक कीमत होती है और कामयाबी भी उन्हीं को मिलती है जो इस कीमत को अदा करने की हिम्मत रखता है अरे अगर इंसान इरादा बना ले कि कामयाबी हासिल करके ही रहूँगा तो हालात मायने नहीं रखती दोस्त याद रखना जिस घोड़े को चाबुक नहीं पड़ेगा वो कभी रेस नहीं जीत सकता और जिस इंसान मिलती है पड़ोसी हंसता है तो याद रखना याद रखना एक दिन वही लोग आपका नाम इज्जत से लेंगे इसलिए अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाओ देखो जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है और हार तब होती है जब मान लिया जाता है याद रखना असंभव को भी संभव सिर्फ आपकी सोच बनाती है यार अगर तुम गरीब हो ना तो किसी के आगे अपनी हाथ मत फैलाना मेहनत इतनी करना कि तुम उस गरीबी को मिटा सको और अपने माँ बाप का सर को ऊंचा कर सको याद रखना जिन लोगों को दुनिया बेवकूब समझती है ना वो करियर नहीं सीधा इतिहास रचते हैं